वाह भाई वाह ले आते करो ले आते अच्छा राधे राधे ले करो आशीर्वाद ला पे भी बैठ जाओ ए हो <laughs> <laughs> <laughs> तो बड़तो परथाने पहुंच गए आप ही मेरे साथ बोलिए राधे राधे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं वैसे भी बोल सकते हैं ये देखिए बरसाना आ गया और मंदिर का द्वार खुलने में अभी वक्त है अभी तो साढ़े चार बजे ही द्वार खुलते हैं उस समय अभी दो ढाई बजे ढाई बजे होंगे मेरे ख्याल से ख्याल से क्या देख ही लेता हूँ फ़ोन में कितना समय हुआ ढाई भी नहीं बजे दो मिनट यानी कि हमें पूरे ढाई घंटे इंतज़ार करना है कहीं पे तभी कपाट खुलेगे और यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शन होने के बाद हम चलेंगे सीधा आगे जो है नंदगांव है ना आगे नंदगांव है बरसाना में बरसाना से आगे और पीछे गोवर्धन था ये गौरवर्धन पर्वत वहीं पर है अब वो कस्बा बन चुका है काफ़ी बड़ा लेकिन हमने टिकट बरसाने के ले ली थी इसलिए हम वहाँ पे नहीं उतरे ये वो रोड है सीधा राधा रानी मंदिर की तरफ जा रहा है ये राधा जी का गाँव है ये बरसाना और हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आ पाए ये स... और लस्सी तो, तो यहाँ पे जगह जगह है हर जगह पे आप ट्राई नहीं करना लस्सी यहाँ पे तो मुझे ठीक ही लग रही है साफ़ सफाई अच्छी है लेकिन एक जगह पर आश्रम के हैं हरे कृष्णा बोलते हैं देखिए इस टाइम ना पैर नहीं टेक सकते आप जमीन पे इतने ज़्यादा गर्म है लेकिन ये नंगे पैर जा रहे हैं नंगे पैर जा रहे हैं देखिए बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे कि सर्दी है और ये ये नहीं है क्या ये कुछ गरीब है या क्या है ये बड़े बड़े घरों से बड़े बड़े घरों के लड़के हैं पढ़े लिखे काफ़ी वेल एजुकेटेड लड़के हैं ये मार्केट है जी बरसाना की इसी तरफ आगे जाके मंदिर है राधा रानी जी के राधा रानी जी का और यहाँ पे छोटे छोटे कानू जी छोटे छोटे काले जी की मूर्तियाँ आपके आपको सभी धातुओं में मिल जाएंगे द्वार खुलने में काफी समय है तब तक देखते हम कहीं टाइम पास करना पड़ेगा कहीं पर जाके और ये सामने और दिखाई दे रहा है प्राचीन मंदिर सुदामा जी का राधा रानी जी का मंदिर कितने सा, कितने सामने से बजे बजे खुलते हैं बैठ भाई तो। नहीं। चलाने के लिए जी बरसाने में और राधा रानी जी के मंदिर के ठीक सामने और पाक में सुदामा जी का मंदिर भी है वो सब साढ़े चार बजे तो इसमें तो मक्खन भी डला हुआ है और केसर भी देखते हैं। ये चढ़ाई है राधा रानी मंदिर की का पूरा श्रंगार उठ जाएगा कहीं से कुछ लेने का। कितने गया। नहीं गुण गुण कहीं से कुछ लेने लेने हो हो जाएगा कितने का का का पूरा पूरा सिंगार गया गिनती करते हुए जा रहे लोग भाई कुछ महत्व होता होगा गिनती करने का और इनकी गिनती में फर्क मिलेगा देखना ये सारे गिनते हो जा रहे हैं ऐसे नहीं, नहीं बोला राधे राधे राधे वाह <laughs> बढ़िया चढ़ाई है ये खतरनाक चढ़ाई है भाई हाँ आप तो तो पार कर दो एक फायदा वालों को जिम में जाने की जरूरत नहीं है सुबह शाम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आ जाओ वेट आपका बढ़ेगा ही नहीं हुँ। हुँ। जे है तुम मुरक है ना ये? ना ये दिया मेरे गिरा, मैं तेरे गिरा और मेरे हाथ में गिरा और जी ये बरसाना सैर कर देखिए कितनी सुंदर जगह है और ये बरसाना शहर कितना सुंदर लग रहा है जी फूल पैसे मछूल देखिए पहाड़ी पे बना रखा है तो किसी को मालूम है? कहने वाला नहीं भूखी जाता है। बिगड़ रहा है, जल्द जल्द। रिक्शा। ये सब आपने जी नहीं? ना, वन सेट। इसमें आपने इसे लगा दिया है? इसे लगा दिया। बस इतना ही। बस इतना ही। ना, ये बेटा पानी पीना क्या? आजी। ठीक है सर जी ओके राधा रानी जी का मैल है व्हाट्सएप कर दो तो शहर का व्यवहार ओ भाई तो इसको भी गिरा देगा वहीं रुक जा एक जगह रुक जा बना देना ज़्यादा खिला दिया रास्ते में राधा राधे जी के महल से पूरा बरसाना शहर दिखता है शहर नहीं, कस्बा है टाउन। ये पूरा व्यू आता है इसका की जरूरत नहीं है यहाँ पे पहले प्रसाद चढ़ा चलिए प्रसाद चढ़ा के आते हैं चुके हैं राधा जी के मंदिर में तो अति अति अत्यंत सुंदर मनमोहक दुभावना मंदिर है वेट। साथ साथ में में। खुलेगा रुपये नहीं पड़ रहा है यार तारे। तारे। बहुत मैं दाल केला नि लोगन करते लौटेंगे संगी कुल हां जी चलो मैं बुक कर लेता हूं जब तक कबाड़ नहीं हो जब तक चलते रहेंगे से जाते हैं जो परिक्रमा लगाते हैं वो जाते हैं ये नेतागिरी के वीडियो बना रहे हो क्या भैया अच्छा है कोई मैं नहीं होती ये उसको डालेंगे एक और मंदिर है शायद कैमरे से कि आंखों से ना दिखा दे लेकिन हमारी आंखों से दिखाई देगा क्योंकि कैमरा तो 14-15 साठ मेगापिक्सल होता है हमारी आंखों का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है 300 मेगापिक्सल मेगा पिक्सल से ज़्यादा ही है हम उतनी दूर तक देख पाते हैं जितनी दूर तक आधे कैमरे में देख पाते हाँ सेटेलाइट वाले कैमरे बहुत वह तो, तो पृथ्वी ऊपर से दिखा देते हैं चलती हुई चीटी भी उनकी तो बात ही अलग है मिलियंस डॉलर्स के इक्विपमेंट होते हैं ये राधा आपको दिखा दी है तो अभी द्वार खुलने वाले हैं उनका चढ़ा के हम अभी आगे निकलेंगे क्या करता जाईया कुछ वादा वादा कुछ राधा रानी मंदिर के बैक साइड में ये पिया हुआ है और यहाँ पे इतना ठंडा जल्द किया जा रहा है बहुत है और बहुत मेहनत का काम है कमजोर आदमी तो ऐसी देखिए मतलब शुभ तरीके से पानी पिलाया जा रहा है यहाँ पर बैक साइड में ये राधा रानी मंदिर के जब आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे ना तब आपको ये दिखाई देंगे वाह वाह भाई दे दे करो करो भैया ये चना लेते अच्छा बैठ जा बैठ जा सामने देखना इनकी तरफ भी बैठ जाओ <laughs> ये राधा रानी से आगे कोई मंदिर है इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है आगे जाके पता लगेगा ये किनका मंदिर है लेमन लेमन सेवा कर जाइ रेश श्यामेश